प्रेम। जिसने असली प्रेम किया है उसको बस वो चाहिए जिससे प्रेम है और दुनिया से कोई मतलब नहीं तुमको तुम्हारे जीवन में प्रेम का अनुभव करने की भी जरूरत है और प्रेम करने की भी जरूरत है कभी किया है सच्चा प्रेम अटूट प्रेम वो प्रेम वो असली प्रेम बस एक ही से हो सकता है जो तुम्हारे घट के अंदर बैठा है